कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं उस टाइम वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और आपस में जरूरी बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी अब यहाँ पर हमें उनके नाम भी पता चलते हैं। अब उनमें से जो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान था उसका नाम था डम्बल और जो दूसरा था यानी जो इतना अच्छा नहीं था जितना की पहले वाला था उसका नाम होता है ग्रिंडोवल अब यहाँ पर वो अच्छा इसलिए नहीं था क्यूँकी वो गलत रास्ते पर चल पड़ा था और यहाँ पर डम्बल डोर उसे इसी बारे में समझा रहे थे कि देखो जो भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है वो गलत है इसीलिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम है छोड़ दो ये सब तब ये सुनकर ग्रीनडो वर्ल्ड डम्बल डोर ऐसी कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ तुम इसके बारे में बड़े अच्छे ऐसी जानते हो मैं वही तो कर रहा हूँ जिसका ड्रीम कभी हमने देखा था जिसे हम पूरा करेंगे यानी की कि मैं किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ आरोप कोई भी मगलो ना पाया जाता हो अब अपने जवाब में ग्रेंडो वर्ल्ड यही कहकर वहाँ से चला जाता है अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मगलू कौन है असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और ये नहीं होती है और जो इंसान इस दुनिया में इन्हें जादू की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना ना जानता हो या फिर जादू के बारे में उसे कुछ भी पता न हो वो एक नॉर्मल इंसान हो तो ऐसे इंसान को ही मगलू कहते हैं फिर यहाँ ऐसी सिंह शिफ्ट होकर जाता है कुछ टाइम की बात जहाँ पर हम डम्बल को देखते हैं और उस टाइम उन्होंने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट बिल्कुल भी नहीं था बल्कि ये लॉकेट तो खास था जिसको डम्बल ने और ग्रिंडो ने मिलकर बनाया था कुछ टाइम पहले ही ये लॉकेट असल में उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्यूँकी इसमें उन दोनों का खून था जब वो यंग थे तो उन्होंने एक औत ली थी एक कसम ली थी वो भी अपने खून के जरिए उनकी कसम ये थी की वो दोनों हमेशा एक दूसरे ऐसी अटैच रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे और इस औत का इस कसम का एक रूल था कि अगर किसी ने भी आगे जाकर इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो ये लॉकेट उनके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें ही मारने की कोशिश करेगा तो इसीलिए लिए डर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो और इसीलिए वो चाहते थे कि ग्रो वर्ल्ड कोई भी गलत काम न करे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्यूट होता है उस टाइम वो जंगलों में होता है क्यूँकी यहाँ पर वो एक क्रिएचर को ढूंढने आया था और वो क्रिएचर कोई आम क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो तो जादोई क्रिएटर था वो जादुई क्रिएचर इसीलिए था क्योंकि उसमें खास किस्म की पावर्स थी और वो ये कि अगर उस क्रिएचर के खून को इंसानी खून के साथ मिला दिया जाए तो जिस इंसान के ब्लड को मिलाया गया होगा उसका फ्यूचर देखा जा सकता है यानी आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसके साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा तब यहाँ आरोप ढूंढते हुए न्यूड को क्रिएचर कुछ मिल ही जाती है और उस टाइम उस क्रिएचर कुन का एक बेबी होता है ठीक उसी टाइम आरोप वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कि असल में एक शिकारी होता है और वो वहाँ पर अकेला नहीं आया होता बल्कि उसके साथ उसके साथी भी आए होते हैं। बाद में हम ये जान पाते हैं कि असल में ये शिकारी ग्रिंडोवर्ल्ड के लिए काम करता है ये शिकारी वहाँ पर असल में उस क्रिएचर को मारने आया था अब यहाँ पर आने के बाद वो उस क्रिएचर को इनको मारता तो है और साथ ही साथ उसकी कोशिश होती है की वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाए लेकिन वो जो बहादुर लड़का होता है न्यूट उसकी तो यही कोशिश होती है की वो उस शिकारी ऐसी उस क्रिएचर को इनके बच्चे को बचा और इसी वजह से न्यूट उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से भागता है तब शिकारी और उसके साथी भी न्यूट का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं न्यूट को पकड़ने के बाद वो उसे जख्मी कर देते हैं और उसे उस क्रिएचर कुइन का बच्चा भी ले लेते हैं इसके बाद न्यूट उठता है और सीधा उस क्रीचर कुइन के पास आता है लेकिन जो न्योट अपने सामने देखता है वो उसे देख काफी हैरान हो जाता है क्यूँकी वो देखता है की वहाँ आरोप क्रीचर कुन का एक और बच्चा भी है यानी इसका मतलब ये है की उस क्रीचर कुन ने एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा किए थे अब न्यूट क्रिएटर कुन के उस दूसरे बच्चे को अपने सूर्ट केस में डाल लेता है उस शूट केस में पहले ऐसी कुछ क्रिएटर्स मौजूद थे जो किसी एक दुनिया से नहीं आए थे बल्कि वो अलग अलग दुनिया से थे उन्हें क्रिएटर्स में होता है एक ड्रैगन जो कोई छोटा मोटा नहीं होता बल्कि वो काफी बड़ा होता है साइज में और इसी वजह ऐसी वो न्यूट को अपने साथ उड़ा कर वहाँ ले जाता है उधर हम देखते हैं उस शिकारी को जो कि क्रीचर क्विन के उसी बच्चे को जिसे उसने चुराया था उसे जाकर वो ग्रीनडो वर्ल्ड के हवाले कर देता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीनडो अच्छा इंसान नहीं है वो काफी रहम है इसीलिए वो उस क्रीचर को इनके छोटे से बच्चे का गला काट देता है और उस बच्चे के खून में अपना खून मिलाता है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके और वो करता भी बिल्कुल ऐसा ही है वो अपना फ्यूचर उसमें देखता है उधर हम देखते है न्यूट को जो की अपने भाई को लेकर डम्बल डोर से मिलने आता है यहाँ पर डम्बल उन्हें वही लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं की ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है बल्कि ये हमने खुद बनाया है यानी मैंने और ग्रिंडो वर्ल्ड ने क्योंकि इसमें हम दोनों का खून है इसीलिए यही वजह है कि चाहते हुए भी मैं इस लॉकेट को खुद ऐसी तो तोड़ नहीं सकता अब उन दोनों भाइयों को इनी न्यूट को और उसके भाई को डंबलडोर की इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्या कोई लॉकेट इतना मजबूत हो सकता है कि उसे कोई इंसान तोड़ ही ना सके तब इस बात को प्रूफ करने के लिए डब्बल उनके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है यानी वो उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अब क्योंकि डब्बल ने औत को कसम को तोड़ने की कोशिश की थी तो इसी वो लॉकेट उनके ही खिलाफ होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है अब क्यूँकी यहाँ आरोप डम्बल की बात सच हो गयी थी तो इसी वो उन दोनों भाइयों ऐसी उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं की मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मैं ग्रीनडो वर्ल्ड को रोकने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकता उनकी बात सुनकर न्यूट और उनका भाई उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम उसी शिकारी को देखते हैं, जो कि उस टाइम कुछ अपसेट नजर आ रहा था क्योंकि असल में उसने जो किया था उसे उसकी गलती का पछतावा था यानी कि जो उसने क्रीचर को इनकी बेबी को चुराया था इसलिए यहाँ आरोप वो शिकारी अपने शीशे के सामने खड़ा होता है और उसके शीशे आरोप ये लिखा होता है फॉर गिव यानी मुझे माफ कर दीजिए इसके बाद अगले ही सीन में हम एक बेकर को देखते है यानी जो एक बेकरी को चला करता था यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस बेकर की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जो कि अब ग्रिंडोवेल के लिए काम करती थी और जब से वो ग्रिंडोवेल से मिली थी वो तभी से अपने इस फ्रेंड इनी बेकर से नहीं मिली थी यहीं पर उस बेकर से मिलने एक प्रोफेसर आती हैं, जो पहले तो उस बेकर से थोड़ी बहुत बात करती हैं, और बाद में खुद को उस बेकर को टेलीपोर्ट करके इन्हें एक जगह ऐसी दूसरी जगह ले जाती है जहाँ पर ये दोनों टेलीपोर्ट होती है वो असल में एक ट्रेन होती है और इस ट्रेन में न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते है और के साथ साथ वहाँ पर दो और लोग भी थे जो कि असल में न्यूट के ही साथी थे उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था और ये दोनों यहाँ पर डंबलडोर के कहने पर आए थे यानी इन दोनों को डंबलडोर ने ग्रिंडोवेल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है अब जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो न्यूट उन सब से कहता है की ग्रेंडोवेल के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो ये सब कुछ पहले ही देख चुका है और इसीलिए अब हमें उसके खिलाफ ऐसे लड़ना है की हमें कोई प्लान नहीं बनाना है न्यूट उन सभी को वो सारे गिफ्ट देता है जो डम्बल डब्बल डोर ने उसको दी थी इन सभी लोगों को देने के लिए अब यहाँ पर जो बेकर होता है उसे मिलती है एक मैजिकल स्टिक हालांकि वो बेकर मगलू था इन्हें उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था लेकिन फिर भी डम्बल डोर ने उसे गिफ्ट दिया था और जो न्यूट का भाई होता है उसे मिलती है एक जादुई टाई और जो न्यूट की साथी होती है उसे एक पेपर मिलता है और अब जैसे न्यूट की साथी उस पेपर को पढ़ने लगती है तो हम दिखते हैं की वो पेपर जल जाता है तो इसका मतलब ये था की वो भी कोई आम पेपर नहीं था बल्कि जादुई पेपर था जो फीमेल प्रोफेसर होती है उसको डबल की तरफ से एक बुक मिलती है अब यहाँ पर न्यूट का साथी बोलता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और यहाँ पर जो न्यूट का साथी होता है वो बाकियों के साथ नहीं जाता बल्कि वो उन सब ऐसी अलग होकर जाता है क्यूँकी उसे ये काम दिया गया था की वो ग्रिंडोवेल आरोप नजर रखे और जो न्यूट की साथी होती है वो न्यूट का वही वाला शोट लेकर उसे अलग हो जाती है यानी वही शोर्ट केस उस क्रीचर कुन का बेबी था जबकि बाकी लोग मिनिस्टर की ऑफिस आते हैं और ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है यहाँ पर न्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफी अमीर होता है यानी कि इस पूरी जादुई दुनिया का ये लीडर होता है यहाँ पर वो अमीर आदमी न्यूट को डबल की तरफ से दिया गया एक मैसेज उसे देता है कि तुम किसी के भी कहने पर मत चलना हमेशा उसी का साथ देना जो ठीक है लेकिन बाद में हमें यहाँ आरोप अंदर की बात पता चलती है और वो ये की ये अमीर आदमी भी ग्रेंडोवेल्ट के साथ मिला हुआ है और इसी वजह ऐसी वो ग्रेंडोवेल्ट के हक में एक काम करता है और ये कि वो ग्रिंडो के ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को खत्म कर देता है और ये चार्जेस ग्रिंडो पर आरोप इसीलिए लगे हुए थे क्योंकि जितने भी मगलूस थे वो उन सभी से नफरत करता था उन्हें अच्छा नहीं समझता था यहाँ पर वो अमीर आदमी कुछ जादूगरों के नाम भी सिलेक्ट करता है यानी ये लोग अगले होने वाले इलेक्शंस में खड़े होंगे अब इसी दौरान न्यूट का भाई एक लड़की को वहाँ पर देखता है और ये लड़की भी असल में ग्रीनडोवेल्ट के लिए ही काम करती थी और यही बात सोचकर न्यूट का भाई उस लड़की का पीछा करने लगता है लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो न्यूट के भाई को पकड़ लेती है और यहाँ पर न्यूट और उसके बाकी साथी जाते हुए भी अपने साथी को बचा नहीं पाते अगले दिन हम देखते हैं की डम्बल न्यूट और बाकी साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि न्यूट की भाई को कहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर डंबल डोर उस बेकर और उस प्रोफेसर को मैजिक ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं फिर हमें न्यूट की वही साथी दिखाई जाती है जिसके पास केस था और वो सीधा एक वर्कर के पास जाती है और वो उस वर्कर को छूटकेस बनाने के लिए कहती है जो बिल्कुल न्यूट के सूटकेस जैसे ही होने चाहिए ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और किसी को भी पता न चले की आखिर असली सूटकेस कौन सा है उधर न्यूट का जो मेल साथी होता है वो सीधा जाता है ग्रीनडोवेल्ड के पास उसे मिलने के लिए यानी वो वाला साथी जिसे ग्रीनडोवेल्ड पर नजर रखने के लिए कहा गया था वहाँ जाने के बाद न्यूट का साथी ग्रीनडोवेल्ड से कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ असल में मुझे यहाँ पर डम्बल ने भेजा है आप आरोप नजर रखने के लिए उसकी बात सुनकर ग्रीनडोवेल्ड को यकीन नहीं आता इसीलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसका माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चल जाता है की जो कुछ भी कह रहा है सच है यानी डम्बल डोर इसे यहाँ पर भेजा है उस पर नजर रखने के लेकिन सासद ग्रिंडोवेल को ये बात भी पता चल जाती है कि न्यूट जो साथी है ये अपनी मरी हुई बहन को अभी तक नहीं भूला और उसकी बहन भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रिंडोवेल की वजह से ही मरी थी इसीलिए ग्रिंडोवेल यहाँ पर एक चलाकी करता है वो अपना मैजिक यूज करके उसकी माइंड से उसकी बहन की सारी यादे सारी बातें मिटा देता है ताकि उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी याद न आए जिसकी वजह ऐसी वो ग्रिंडोवेल्ट ऐसी नफरत करने लगे नेक्स्ट सीन में हम डम्बल को देखते हैं और उसे मारने के लिए ग्रिंडोवेल्ट ने एक आदमी को भेजा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी होता है इन्हीं जिसने क्रीचर को इनके बच्ची को चुराया था और उसे अपनी गलती का पछतावा था लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डम्बल डोर भी काफी समझदार हैं उन्हें इस बारे में तो पहले ही पता चल चुका होता है और इसीलिए वो यहाँ आरोप अपना दिमाग लगा बड़ी चलाकी ऐसी उस शिकारी को एक दूसरे जगह आरोप ले आते है इस जगह आरोप कोई भी नहीं था इसीलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है लेकिन डम्बल उस शिकारी की नस्बत काफी ताकतवर थे इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उस शिकारी को हरा देते हैं। उसे हराने के बाद डम्बल डोर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो क्योंकि ग्रिंडो वर्ल्ड तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें वो कंट्रोल कर रहा है और क्या तुम जानती हो की तुम हमारी फैमिली ऐसी ही बिलोंग करते हो लेकिन हाँ हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था आज ऐसी पहले ये कहने के बाद डम्बल डोर उसे वापिस ऐसी अपनी असली दुनिया में ला छोड़ देते है उधर हम देखते हैं न्यूट को जो की उसी जगह आरोप चला जाता है जहाँ आरोप उसे डम्बल ने जाने के लिए कहा था जो कि असल में एक जेल होती है लेकिन उसके वहां पर जाने से पहले ही जेलर एक चलाकी करता है वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट्स जो कि डंबल ने उसे दिए थे, वो हासिल कर लेता है अब यहां पर आने के बाद फाइनली न्यूट अपने भाई को ढूंढ लेता है इन जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी वो उसकी रस्सी को खोलता हुआ उसे आजाद कर देता है लेकिन दिखते ही दिखते अचानक ऐसी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं यहाँ पर जो न्यूट होता है वो क्रिएटर के बारे में एक बहुत कुछ जानता था इसीलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन क्रिएटर से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है लेकिन यहाँ पर भी न्यूट और उसका बाई किसी तरह करके खुद को उस क्रिएचर ऐसी बचाने में कामयाब हो जाते हैं इसके बाद न्यूट किसी तरह करके अपने सारे मेजिकल गिफ्ट फिर ऐसी हासिल कर लेता है और अब जैसे ये सारे लोग उस बाई को टच करते हैं तो ये टेलीपोर्ट होकर एक अलग जगह पर आ जाते हैं सीन चेंज होकर जाता है दोबारा से मिनिस्टर की मैजिक ऑफिस में और उस टाइम वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं यहीं पर वो बेकर और प्रोफेसर भी आए होते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रेंडोवल्ट भी आते हैं और उसके साथ बेकर की दोस्त भी आती है जो की ग्रेंडोवल्ट के साथ मिली हुई थी लेकिन यहाँ आरोप आने के बाद बेकर की दोस्त उसकी तरफ देखती भी नहीं और उसका ऐसा बिहेव देख उस बेकर को दुख भी होता है और काफी बुरा भी लगता है उसे इस पार्टी में कैंडिडेट्स भी आए हुए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे उनमें से जो सबसे सीनियर होती है वो एक लड़की होती है और उसे मारने के लिए ग्रिंडोवेल्ट उसके पास एक वेटर को भेजता है ड्रिंक देकर और उस ड्रिंक में जहर मिला होता है लेकिन जो प्रोफेसर होती है उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और इससे पहले की वो लड़की उस जहर वाले ड्रिंक को पीती प्रोफेसर अपने मैजिक ऐसी उसे उसे दूर फेंक देती है तभी देकर इसी दौरान वो बेकर जल्दी ऐसी अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और वो स्टिक को ग्रिंडोवेल्ट की तरफ कर देता है बताने के लिए ये सब कुछ इसने किया है अब ये देखकर वो सारे लोग बेकर को ही गलत समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बेकर ग्रीनडोफेल्ड को मारने वाला है लेकिन तभी यहाँ पर वो प्रोफेसर खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके वहाँ से कहीं और ले जाती है ये दोनों अब एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डम्बल न्यूट और उसका भाई पहले ऐसी ही मौजूद होते है यहाँ पर वो प्रोफेसर न्यूट और उसके भाई को एक न्यूज दिखाती है जिसमे ये लिखा होता है की जो बेकर है वो इनोसेंट नहीं है बल्कि वो एक किलर है क्यूँकी आज उसने ग्रीन को मारने की कोशिश की है जब अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि में अब एक कैंडिडेट बन चुका है यानी कि वो भी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेगा ये कहते हुए डम्बल उन सभी को एक किंगडम दिखाते हैं और यही वो जगह थी जहां पर अब वाले होने थे अगले सीन में हम देखते है की ये सारे लोग डम्बल के भाई ऐसी मिलने के लिए आते हैं यहाँ आरोप डम्बल अपने भाई को एक बात बताता है जो की वो आज ऐसी पहले नहीं जानता था वो कहता है की वो जो शिकारी है न वो तुम्हारा बेटा है और ये बात हम आज से पहले नहीं जानते थे अब ये बात सुनने के बाद डम्बल का भाई बहुत हैरान होता है क्योंकि उन्हें तो इस चीज का अंदाजा तक नहीं था फिर न्यूट को शीशी में कुछ लिखा हुआ दिखता है वहाँ पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू कम टू होम अब ये बात न्यूट को अजीब लगती है इसीलिए वो ये बात जाकर डम्बल को बताता है डम्बल उसकी बात सुनकर उसे कहते है कि ये असल में एक मैसेज है और ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है और मैं ये भी जानता हूँ की ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है ये मैसेज हमारे लिए उसी शिकारी ने भेजा है लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है और वो ये कि वो शिकारी बहुत जल्द मरने वाला है क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है और वो परिंदा सिर्फ उसी इंसान के आसपास रहता है जिसकी बहुत जल्द मौत होने वाली होती है आगे बातें करते हुए डम्बल अपनी बहन के बारे में भी बताते है वो तो कहते हैं जो बात मैं तुम्हे बताने जा रहा हूँ ये बात आज ऐसी तकरीबन काफी सालों पहले की है हुआ ये था की मेरी और मेरे भाई की किसी बात को लेकर बहस हो गई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लड़ाई में बदल गई थी जिसकी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे पर छड़ी से अटैक करने वाले थे और ये छड़ी भी कोई आम छड़ी नहीं थी बल्कि जादुई छड़ी थी लेकिन तभी बदकिस्मती से हमारी बहन वहाँ से गुजर रही थी जिसकी वजह ऐसी हमारा वो अटैक जो दूसरे को लगना था वो हमारी बहन को लग गया जिसकी वजह ऐसी उसकी मौके आरोप ही मौत हो गयी हम अपनी बहन की मरने की वजह ऐसी बहुत दुखी थे और उसकी मौत को हम आज तक नहीं भुला पाए और बस तभी इसे लेकर आज तक मेरा भाई और मैं एक दूसरे से बात नहीं करते उधर ग्रीनडोवर्ल्ड अपने जादू से दोबारा से क्रीचर क्वीन के उसी बच्चे को दोबारा से जिंदा कर लेता है जिसे पहले उसने गला काट के मार दिया था लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ग्रीनडोवर्ल्ड को ये बात भी पता चल जाती है कि उस क्रीचर क्वीन के उस दिन एक नहीं दो बच्चे हुए थे यानी क्रीचर कुइन का एक और बच्चा भी है यानी वही बच्चा जिसे न्यूट उठा ले गया था लेकिन उस दिन की लड़ाई में उस शिकारी को कुछ भी पता नहीं चल पाया की क्रीचर कुंट का कोई दूसरा बच्चा भी है जिसे न्यूट अपने साथ ले गया है अब इस बात की वजह से घृंडो उस शिकारी पर बहुत गुस्सा करता है वो उस पर हमला करते हुए उसे कहता है की देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी आखिर तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ की उस क्लीचर कुन का एक और बच्चा भी है और न्योट उसे अपने साथ ले गया है और हाँ बात सुनो तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हे किसी भी तरह करके डम्बल को मारना होगा और हाँ सुन लो अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा उधर साथी पांच और सूटकेस लेकर आती है यानी कि जोस ने उस वर्कर से बनवाए थे जो सेम टू सेम न्यूट के सूटकेस जैसे थे और वहां पर जो लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है यानी वो वाला सूटकेस जिसमें उस क्रिएचर कुन का बच्चा है उधर डम्बल अपने साथियों ऐसी कहते है कि किसी भी तरह करके क्रीचर कुइन के इस बच्चे को सही सलामत इलेक्शन वाली जगह पर ले जाना है क्योंकि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की सिर्फ सोल्स देख ही ये बात बता सकता है कि आखिर कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है और ये क्रिएचर जिस भी इंसान के सामने जाकर झुक जाएगा तो उसी इंसान को बगैर कोई सवाल किए जादू दुनिया का लीडर बना दिया जाएगा और जैसा की हम जानते हैं की ग्रीनडो के पास भी क्रीचर कुइन का एक बच्चा है तो अब वो अपने जादू ऐसी उस क्रिएचर कुइन के बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेगा और खुद लीडर बनने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा इसीलिए डबल चाहते थे कि क्रीचर को इनका ये बच्चा इलेक्शन वाली जगह पर जरूर पहुँचे क्यूँकी असली क्रीचर ही ये बात बता सकता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है और कौन सा इंसान इस काबिल है जिसे लीडर बनाया जाए उधर वो सभी लोग अपना अपना एक एक सूटकेस लेकर टेलीपोर्ट होकर इलेक्शन वाली जगह आरोप आते हैं इसी दौरान उस प्रोफेसर और न्यूट के भाई को ग्रेंडोवेल्ट के लोग देख लेते हैं ग्रेंडोवेल्ट के लोग उन उनका पीछा करते हैं इसी बीच उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है लेकिन अब क्योंकि ग्रेंडोवेल्ट की लोग तादाद में काफी ज्यादा थे इसीलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और फिर इसी बीच वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं लेकिन अब जैसे उनके सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से निकलती है कुछ मेजिकल बॉल्स और वो मेजिकल बॉल्स एक एक करके ग्रेंडोवेल्ट के सभी लोगों आरोप फटने लगती है अब इसी सब दौरान उस बेकर का सूटकेस भी पकड़ा जाता है लेकिन वो सूटकेस खाली होता है यानी उसमे तो कुछ भी नहीं होता अब इसी दौरान बेकर की फ्रेंड जो ग्रिंडोवेल के साथ मिल गई थी वो बेकर से मिलने आती है और वो उस बेकर से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और ग्रिंडोवेल के साथ शामिल हो गई थी अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ग्रिंडोवेल के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं उधर प्रोफेसर और न्यूट के भाई के पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे लेकिन तभी यहाँ आरोप एंट्री होती है न्यूट के उसी साथी की जिसने ग्रिंडोवेल्ट को सब कुछ बता दिया था यहाँ पर आकर वो अपने साथियों को बचाता है और उन सभी को हरा है, क्योंकि अभी भी वो डबल के लिए ही काम करता है उसी के साथ है और उसने उस दिन ग्रिंडो बेल्ट का साथ देने का छोटा मोटा ड्रामा किया था उधर न्यूट भी अपने हिस्से का सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह पर जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से ग्रीनडो वेल्ट की एक साथी उसके सामने आती है उस पर अटैक करती है उसे बेहोश करके उससे उसका सूटकेस ले लेती है और अब अगले ही सीन में जैसे ही न्यूट को होश आता है तो वो औरत वापिस उसके पास आती है और उसे उसका सूटकेस वापिस लौटाती है लेकिन तभी हम यहाँ आरोप एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखते है न्यूट जैसे ही उस सूटकेस को पकड़ता है वो सूटकेस जल जाता है अब इसी सब के बीच यहाँ आरोप हम देखते हैं कि ग्रिंडो ने एक चलाकी की है असल में वो यहाँ पर अपने साथ क्रीचर कुंत का जो बच्चा लाया होता है वो उसकी मदद से खुद को इलेक्शन में जितवा चुका होता है यानी कि अब ग्रिंडो ही जादू दुनिया का लीडर है जब वो लीडर बन गया है तो सभी उसकी बात मानेंगे और लीडर बनते ही वो सबसे पहले उस बेकर आरोप इल्जाम लगाता है वो कहता है की इसे मत छोड़ो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी साथ ही साथ वो उस पर अपने जादू ऐसी भी हमला करता है लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जा ती है और वो ग्रीनटर वर्ल्ड के जादू से उस बेकर की जान बचा लेती है उसी टाइम वहाँ पर शिकारी भी आ जाता है और वो सभी लोगों को कहते हैं कि मैं आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ असल में जो ग्रिंडोवल्ड है ना ये एक धोखेबाज इंसान है क्योंकि इसके पास क्रीचर कुइन का जो बच्चा है वो असली क्रिएचर नहीं है इतनी ही देर में न्यूट की साथी भी अपने फाइनल सुटकेस के साथ वहाँ पर आती है यानी की असली सुटकेस जिसमे क्रीचर कुइन का वो बच्चा था और अब हम यहाँ पर बड़े ही हैरान कर देने वाली चीज देखते है क्रीचर कुइन का वो बच्चा जाकर डम्बल के सामने झुक जाता यानी इसका मतलब ये है की डबल एक अच्छा इंसान है वो ही इस काबिल है कि अगला लीडर वो ही बने जब ये देखकर डबल उस क्रिएचर से कहता है तुमने मुझे जोश किया है मुझे इस काबिल समझा है कि अगला लीडर मैं ही बनू तो, चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर मेरे अलावा कोई और ऐसा इंसान है जो अच्छा हो और लीडर बनने के काबिल हो अब डबल की ये बात सुनकर वो क्रिएचर उस जादूगरनी के आगे जाकर झुक जाता है यानी वही जादूगरनी जिसने उस बेकर की जान बचाई थी और अब यहाँ आरोप इस करने को जादू दुनिया की अगली लीडर बना दिया जाता है अब ये सब कुछ देखकर कर को बहुत बुरा लगता है उसे काफी गुस्सा आता है उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने जादू से उस शिकारी पर अटैक कर देता है इस हमले की वजह से वो शिकारी काफी कमजोर हो जाता है और काफी जख्मी भी और अब यहाँ पर डम्बल और उसका भाई उस शिकारी की जान बचाने के लिए कुछ स्पेल्स यानी मेजिकल वर्ड का हमला करते हैं जिससे होता यह है की वो मेजिकल वर्ड आपस में ही टकरा जाते हैं और ऐसा होते ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उनका वो लॉकेट भी टूट जाता है यानी जिस पर डम्बल और ग्रिंडोवेल्ट की ब्लड अर्थ हुई हुई थी यानी कि अपने अपने खून से जो कसम उन्होंने ली थी वो यहाँ पर आज टूट जाती है और अब यहाँ पर डम्बल और ग्रंडोवेल्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते है यानी की जो चीज वो आज तक नहीं कर पाए थे और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों रुक जाते हैं और तब इस लड़ाई को यही आरोप ही करके डम्बल डोर वहाँ ऐसी जाने लगते हैं। हैल्ट उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना पहले करते थे उसकी बात सुनकर डम्बल डोर उसे कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कहने के बाद डम्बल डोर वहाँ ऐसी चले जाते हैं अब बाद में ग्रिंडोवेल्ट भी वहाँ ऐसी जाने लगता है उधर डम्बल का भाई भी उस शिकारी को कबूल कर लेता है की ये मेरा बेटा है और यहाँ आरोप वो शिकारी काफी जख्मी होता है वो मरने वाला होता है यहाँ पर डम्बल का भाई सबसे पहले उस शिकारी ऐसी माफी मांगता है और बाद में उसे अपने घर लेकर जाता है अगले सीन में हम उस बेकर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जिनकी अब शादी हो गई थी और वो दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे यहीं पर न्यूट से मिलने एक लड़की आती है जो कि असल में इन्हीं की साथी थी और उनको दिखाते हुए ही ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है और उनको दिखाते हुए ही ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग